साथियों नमस्कार आज हमारी चर्चा का विषय है कि आपकी जन्म कुंडली में प्रथम घर अर्थात लग्न कुंडली में जो फर्स्ट हाउस होता है इसमें शनि देव का प्रभाव कैसा रहेगा सिर्फ हम शनि पर चर्चा करेंगे अन्य ग्रहों की हम बात नहीं करेंगे और शनि के नेचर की भी अभी हम बात नहीं करेंगे टॉपिक को बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे बहुत छोटा ही बनाएंगे तो क्या क्या इसमें रहेगा तो देखिए लग्न में यदि शनि देव बैठे हुए हैं तो सबसे पहले तो ये जान जाइए कि जातक को बड़े नेत्र प्रभावपूर्ण और आदेशात्मक वाणी प्रदान करते हैं इस टाइप के जो जातक होते हैं ये स्वभाव से गंभीर रहते हैं एकाग्रचित होकर के गहन अध्ययन में रुचि रखते हैं किसी बड़ी बात की जड़ तक जाना लग्नस्थ शनि की पहचान होती है अपने दायित्वों का भली भांति निर्वहन करना और सहनशीलता इनके स्वभाव में होती है यदि कहीं तुला राशि में शनि यहाँ पर उच्च के हो गए तो ये गुण तो 100% आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एक बार जो लग्नस्थ शनि के लोग सोच लेते हैं तो उसको अपने अंजाम तक जरूर पहुँचाते हैं लग्नस्थ शनि जातक को उत्तम गृहस्थ सुख देते हैं पराक्रम में वृद्धि क्योंकि लग्न में यदि शनि है तो तीसरी दृष्टि पराक्रम के घर पे इनकी रहती है तो पराक्रम इनको जो है प्रदान करते हैं और लग्नस्थ शनि जातक को अंतर्मुखी सादगी पसंद कुशल एवं परिश्रमी बनाते हैं यही कारण है कि जो शनि का क्षेत्र रहता है जो लेबर वर्ग होता है इस पर ज़्यादा रहता है सफाईकर्मी हो गए लेबर क्लास के लोग हो गए ये जो क्या कहते हैं मिस्त्री होते हैं चुनाई वगैरह करते हैं इन सब पर ज़्यादा प्रभाव रहता है तो एक चीज़ और बता दें लग्नस्थ शनि जो जिनके होते हैं ये जातक अपने मन की बात अपने तक रखते हैं किसी से साझा नहीं करते हैं और बहुत ही कुशलता से अपने अंदर जो दुख बीत रहा होता है इसको छुपा लेते हैं कई जातक इसमें ऐसे रहते हैं जो एकांत में रहना अधिक पसंद करते हैं मित्रों की संख्या काफ़ी लिमिटेड रहती है कम रहती है लग्न में शनि जातक को भावुक नहीं होने देता है अपितु धर्म के पथ पर होना सिखाता है साथ ही न्याय और अन्याय की परख करना भी सिखा देता है यदि शनि स्वग्रही उच्चस्थ अथवा गुरु की राशि में हो तो जातक को राजा समान वैभव एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं जी हाँ ये बिल्कुल फैक्ट है जातक समाज में आदरणीय और सम्मानजनक स्थिति में रहता है लग्नस्थ शनि जातक को शत्रुओं पर अपने विजय दिलाता है वहीं अगर कर्क धनु और मकर राशि का शनि जो है यहाँ पर देखिए योग कारक स्थिति में रहता है लग्न में शनि के साथ यदि गुरु भी हो तो जातक बुद्धिमान एवं यशस्वी रहता है ऐसा जातक स्वभाव से गंभीर चिंतन करने वाला रहता है लेकिन कई चीज़ें वहाँ पर भी देखनी पड़ेंगी कि किस किस ग्रहों के साथ ये दृष्ट है लग्न में शनि के साथ यदि चंद्रमा है तो विष्णयोग यहाँ निर्माण हो जाएगा जातक सोचेगा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा जाएगा दूसरों के सहारे ऐसे जातक जीते हैं लग्न से शनि यदि शत्रु राशि में हो तो रोग एवं दुख देने वाला माना जाता है विशेषकर गठिया हो गया श्वास हो गया गुप्तांग संबंधित जो रोग होते हैं ये शनि के कारण देखिए दर्शकों होते हैं प्रेम संबंधों में असफलता दूषित शनि अर्थात शनि यदि दूषित है तो इसकी निशानी है इसके अलावा यदि आपका शनि ठीक नहीं होगा तो आपके अंदर आलस्य से दरिद्रता चोरी प्रेत बाधा से कष्ट ये सब स्थिति रहेगी दूषित शनि के कारण जातक जो होगा मूर्ख रहेगा दुष्ट बुद्धि वाला होगा विकलांग होगा और एक चीज़ बता दें यदि कहीं मिथुन राशि का शनि हो जाए लग्न में तो दो विवाह के योग पूर्ण पूर्ण रूप से बना देते हैं जीवन के उत्तरार्ध में धन संबंधी जो है इनको कुछ तकलीफें देखने को मिलती हैं लेकिन ये लोग उस स्थिति से भली भांति निकलना जानते हैं संतान सुख में कुछ कमी कराता है और शनि के अधिपत्य यदि लग्न में बैठे हुए हैं तो औषधि विज्ञान से रिलेटेड कानूनी विषयों पर बहुत अच्छी पकड़ होती है और दर्शकों को बताना चाहेंगे यदि शनि शनिदेव अग्नि तत्व राशि अग्नि तत्व राशि क्या है तो मेष है सिंह है धनु है या जल तत्व राशि में यदि शनि जातक को इसमें जो है नौकरी भी दिला देता है सफलता दिला देता है इस प्रकार के जो जातक होते हैं लग्न शनि वाले यदि अग्नि तत्व की राशि में है तो वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशंसा का पात्र बनता है इनको पदोन्नति समय से पहले मिल जाती है धन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा चुटकियों में प्राप्त करते हैं जल तत्व तो राशि कर्क हो गई, वृश्चिक हो गई, मीन का यदि शनि है तो जातक को बड़ा विनम्र बनाएगा कार्य कुशल बनाएगा व्यक्तित्व से ये धनी बनाता है वृषभ कन्या मकर तथा कुंभ राशि यदि है लग्न में तो शनि सरकारी नौकरी में किसी बड़े प्रतिष्ठान में बड़े पद पर ये देने में सहायक रहेगा इवन जो न्यायाधीश वगैरह होते हैं कोर्ट के जज होते हैं हाई कोर्ट हो गए सुप्रीम कोर्ट हो गए इनका भी लग्न शनि का मजबूत होना बड़ा जरूरी है क्यों है शनि की दशम दृष्टि अब आप देखिए कहाँ पर रही कर्म के क्षेत्र पर पड़ रही और कहीं ये शनि वर्गोत्तम हो गया नौमांश में या डीटेन चार्ट में तो फिर कहने ही क्या प्रशासनिक सेवा की ओर ये ले जाता है शनि व शुक्र की युति में थोड़ी बहुत विवाह में बाधा होती है यदि मंगल के साथ शनि की युति है या मंगल की शनि पर दृष्टि तो ये दुर्घटना अथवा बंधन आपको देती हुई नज़र आती है तो दर्शकों ये तो था देखिए लग्न में शनि का क्या प्रभाव होता है उम्मीद करते हैं हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा दर्शकों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन आप लोग तो ज़रूर दबाइए कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइएगा दीजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार